लगनी मिलने लगनी, लगनी चिरा जा कुप yes. yes. iya lagan lagan bolte jaare ragni ki hai ya lagan lagan jaare ragni ki hai ya lagan lagan jaare so pran ke paas aa mil rahe hai so pran ke paas aa mil rahe hai so pran ke paas aa mil rahe hai